सो हेलो हेलो गाइज कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पी से instagram पर वीडियोस अपलोड कर सकते हो आई जी या रील्स तो गाइज़ बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले गाइज आपको अपने ब्राउज़र पे चले जाना है और वहाँ पे आपको लिखना है lately social l a t e l y social lately social लिखने के बाद जो लिंक आपको सबसे पहले दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और फिर आपको साइन इन या सा, लॉग इन कर लेना है और फिर उसके बाद मैंने तो कर रखा है इसलिए मैं सीधे डैशबोर्ड पे दबा रहा हूँ डैशबोर्ड पे दबाने के बाद कुछ आ, ऐसा सा इंटरफेस आ जाएगा एक सेकेंड पहले ये लोड हो रहा है तो जब ये लोड हो जाएगा फिर आपके सामने सेम जैसा मेरे पास इंटरफेस आ रहा है वैसा इंटरफेस आ जाएगा इसको लोड होने दो हाँ तो गाइज़ आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा राइट साइड में आप देख पा रहे हो मैं लॉग इंड हूँ तो इसलिए मेरी प्रोफाइल है तो गईज अब लेफ़्ट साइड में आपको जाना है और यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर सकते हो कोई भी ऑप्शन अभी मैं इंस्टाग्राम चूज़ कर रहा हूँ तो आप लिंकड भी चूज़ कर सकते हो प्रिंट्रेस ट्विटर यूट्यूब फेसबुक कुछ भी अब मैं इंस्टाग्राम पर जाने के बाद पोस्ट पर क्लिक करना है आपको तो अब ये लोड हो रहा है लोड होने के बाद कुछ गाइज़ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा हाँ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पे स्टोरी टाइमलाइन आईजीटीवी कुछ भी अपलोड कर सकते हो तो गाइज़ टू मेक श्योर ये आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएगा आपको लेफ्ट साइड पर अपना नाम दिख रहा होगा और उस पर बस आपको एक बार टिक कर देना है ये सब करने के बाद आपको सीधे जाना है अपने मतलब जो भी जो भी आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको स्टोरी डालनी है तो उस पर दबा दो फिर नीचे आपको यहाँ पे देख जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस फाइल अपलोड करने के लिए फिर आपको यहाँ पे कैप्शन डाल देना है जिसमें डाल रहा हूँ हे देयर, लाइक एंड फॉलो मी तो ये डालने के बाद फिर आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो शेड्यूल का मतलब है कि जो टाइम आप इसमें डालोगे उसी टाइम पर आपकी पोस्ट इंस्टाग्राम के आपके पेज पर पे चली जाएगी उस पर आप एडिशनल सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे एंटर लोकेशन कर सकते हो तो ये ऐसे करके आप करके पोस्ट नाव पे दबा सकते हो हाँ तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो गाइस लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गिव मी डेयर्स फॉर नेक्स्ट वीडियो गाइज़ तो तब तक के लिए गुड बाय